लेकिन मैं नहीं जानता परमेश्वर एक पुते ने मेनु कटिया और मैं परमेश्वर के घर गया बीमारियां गई शराब गए नशे गए परमेश्वर ने मैं आजाद किया और उस आजादी की गवाही हाली हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो जोर से उठाओ अपने हाथों को एक बार फिर से अपने लिए प्रार्थना करोगी परमेश्वर आज इन गवाहियों को सुनने के द्वारा और इस वचन को सुनने के द्वारा मेरा विश्वास बढ़े जोर से बोलो हाल सुनो सुनो मेरी बात आप मुझे देख रहे हैं मैं एक विश्वास की विश्वास का प्रोडक्ट हूं मैं।, मैं विश्वास की पैदावार हूं आप समझ रहे हूं मैं समझाता हूं कैसे 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया क्योंकि 2003 में 2002 में मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करके जलंधर वापस आ चुका था मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे जलंधर में और अलग अलग पंजाब में उनकी पोस्ट होती थी जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे घर वालों को किसी ने बताया कि जाओ ये क्रिश्चियन लोग जो है ये प्रार्थना करके कैंसर ठीक करते हैं मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया बिल्कुल भी और मेरी फैमिली जो है वो मेरे दादा के लिए प्रार्थना करवाने जाती थी मेरे दादाजी की फैमिली ने फेथ नहीं किया परमेश्वर के ऊपर और उसके बाद थोड़े समय के बाद जब मेरी मेरी अपनी फैमिली मेरे फादर और मदर चर्च जाने लगे किसी एक छोटा सा ग्रुप होता था तो मैं गुस्सा करने लगा ये बोलने लगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो क्रिश्चियन जो है कुछ नहीं है देखो 24 घंटे मेरे मंदिर में चीजें चलती थीं और मैं बोलता था कि नहीं क्रिश्चियन नहीं बनना ये धर्म बदलते हैं लोग ये ना जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं वो जीवन बदलते हैं आमीन और उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया अपनी फैमिली को वापिस ले गया और मैंने चर्च नहीं जाने दिया 2004 में मुझे कुत्ते ने काटा और मैं mentally upset हो अटैक होने शुरू हो गए के बाद जिन पे मुझे मान था, सब सब सब, जगा, सब सब सब सब चीज़ें, घूम लिया और सुसाइड करने वाला था जिस दिन सारी आकड़ निकल चुकी थी धर्मों के बारे में बात करना बंद कर दिया था कुछ नहीं मैं करता था सिर्फ सुसाइड करना और हैवी डोज नशे के लेके स्पेशल सुल्तानपुर साइड से नशा लेने जाना और स्पेशल नशा करना ताकि मैं नशे में रहूं और मुझे अटैक ना हो अपनी छत पे चढ़ जाना और मेरे भाई ने वहां पे आना और मैंने उसको देखना और जब नीचे चले जाना तो मैंने रोना कि मैं इनके सामने अब नहीं रहूंगा क्योंकि मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं इनको ये मुझे मिस करेंगे सभी लोग अपने घर में मैं आया अपने बेडरूम में जाने लगा क्योंकि उस टाइम मेरा पूरा मन बन चुका था मैंने कहाँ जाना है कौन से फाटक पे जाने, ट्रेन के नीचे सुसाइड करने, नशा ज्यादा करके जाने, पूरा प्लान बन गया और एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मेरे बेडरूम में बैठा था, वो उसी ग्रुप से थे जहां मेरे मम्मी पापा जाया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए मैं अंदर गया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रह चुका था कि कोई क्या करता है कोई कौन से धर्म में मुझे मालूम था मैं जा रहा हूँ उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की तू कैसा है ये क्या क्या हुआ तेरे क्या हुआ तेरे तेरे को को बड़े धागे पूरे बांध रखे मेरा बात करने का दिल नहीं था मैंने करते थे ठीक हो जाएगा तू मेरे को लगा चलो मरना तो है ही टेस्ट कर लो इनका आप इमेजिन करो रात के आठ बजे बाइक पर मेरे पास बाइक हो जाता पैशन रात को आठ बजे बाइक पर नशा करके मैं उनका घर देखने गया जहां वो चर्च लगाते थे और नशा किया हुआ अंदर में गया और मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना हुई और पहली प्रार्थना में जो मुझे करंट लगा मुझे मालूम था कि कुछ तो है ये ये मालूम नहीं था कि ये जीवित परमेश्वर है यह एकमात्र परमेश्वर है ये सब कुछ कर सकता है क्योंकि हम जिन जगहों से निकले हमारी कोठी अभ्यास में जहाँ पे सब बहुत बड़ा सत्संग होता है वो हमने उनको दे दी थी और उन्होंने हमें बाहर जगह दे दी थी हम वहाँ के परमानेंट मेंबर्स थे हर जगह हमारा रोल था एक्टिव रिलीजियस खानदान से हूँ मैं एक्टिव ऐसा नहीं था कि हम परमेश्वर को मानते नहीं थे नो एक्टिवली मानते थे सबको जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ सब मेरे नाइन्टी दोस्त सरदार थे तो उनके साथ में जगह जाता था हर जगह हर चीज में जो मालूम थी लेकिन इस बीमारी ने और इस मुसीबत ने जब असली में मैंने हल ढूंढा मुझे इतना तोड़ दिया क्योंकि अगर मैं ना टूटता मैं उसी घमंड में रहता क्योंकि धर्म इंसान ने बनाया यशु मुसी ने कोई धर्म नहीं बनाया परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया उसने नहीं कहा तू तो ईसाई बन जा उसने नहीं कहा नहीं पहले अपना नाम पीटर रखेगा तो मैं तुझे दया करूंगा अपनी कास्ट चेंज उसने कुछ नहीं कहा और जब मैंने बाइबल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द तक नहीं अगर तू बाइबल पढ़ेगा तो तू होगा और परमेश्वर होगा तेरे गुनाह होंगे पाप होंगे जिसकी वजह से तू तू मुसीबत में है तूने विरोध किया परमेश्वर का तूने गालियां दी परमेश्वर को और तूने कहा कि मेरे घर में ये क्रिश्चन लोग एंटर नहीं करने चाहिए मुझे बुरे लगते हैं लोग और परमेश्वर तुझको ढूंढ रहे है और तुझको पुकार रहा है तुझ पर दया कर रहे और पहले दिन की प्रार्थना के बाद मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर है मैं आपको पता क्यों कह रहा हूं क्योंकि तो जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं आसमान से स्वर्ग दूध उतरा यह नहीं मालूम मेरी हिस्ट्री क्या है मेरा बैकग्राउंड क्या है मैं आपसे दस गुना ज्यादा पापी था जब मैं परमेश्वर में आया हूं अब परमेश्वर में मैं आ गया मैंने उनका घर देख लिया उसके बाद प्रार्थना करवाई एक छोटी सी बाइबल नया नियम उन्होंने नीले कलर का दिया बोला पढ़ना मैंने कहा ठीक है जी ये पेपर ले लो रोज 20 मिनट प्रार्थना करना मैंने कहा 20 मिनट तो बहुत ज्यादा 20 मिनट ठीक है कोई बात नहीं तेल मसा के दे दिया पानी मसा के दे दिया अच्छा इसको लगाना ठीक है और मेरे को जुआ खेलने की आदत थी मैं पूल का चैंपियन था पूल होता है ना और जब जुआ खेलना पूल में लड़कों के साथ बैटिंग लगानी लड़कों के साथ एक शाम मेरी लड़के के साथ लड़ाई हो गई वहां पर जुआ खेलते वक्त जिसके साथ मेरा जुआ चल रहा था और मेरा इतना उसके साथ फाइट हुई मेरा मन किया कि मैंने वहां जाना ही नहीं और उसी शाम को मेरे को फोन आया चर से अच्छा हमने ना रोज जाया करना है पांच बजे के बाद तू तैयार है आने के लिए मैंने कहा हां ठीक है मैं आता हूं क्योंकि मेरा इधर से मन टूट गया और मैं उधर जाने लग गया फिर मैंने रोज शाम को चर्च आना शुरू किया सुनो मेरी बात मैं कैसे बदला हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं एकदम से नहीं बदलाऊ मसीह में आने के बाद भी तोबा करने के यानी पहली प्रार्थना होने के बाद भी कमियां मुझे छोड़ के नहीं गई उसके बाद हमें बप्तिस्म का पता चला कि होता बप्तिस्म होता है बपतिसमा होता है जिसमें आदमी डुबकी लेता है और उसके बाद परमेश्वर को आप सचमुच ग्रहण कर लेते हैं प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाता है पवित्र आत्मा आपको भरता है आपकी जिंदगी से इस तरह से परमेश्वर आपकी अगवाई करता है मैंने कहा हां ठीक है वो कैसे लेना है तब वो हर संडे नहीं होते थे हर हफ्ते नहीं होते थे दो तीन महीने बाद कहीं पच्चीस तीस इकट्ठे हो जाओ तो वप देते थे मैंने कहा ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की मैंने कहा लेने से पहले ना खूब नहीं, तो नहीं होगी अब क्या, क्या बात कर रहे हो हमने हम ये, हम नहीं बोलते थे सीता बताते क्या दिल में हा यह प्लान कर रहे हैं हम उनका नहीं प्लान नहीं करना ये अभी वायदा करो छोड़ दी तभी वायदा करना पड़ा और छोड़ दी अगस्त में परमेश्वर में आया सितंबर में वायदा कर दिया दो महीने में सब कुछ हुआ दो महीने में सब कुछ हुआ एक या दो अक्टूबर को मैंने बैप्टिजम लिया 2004 में तब से लाइफ कभी सेव नहीं रही मैं दोबारा अपने नशों में नहीं गया हूं अपने पापों में नहीं गया हूं गंदगी में वापस नहीं गया हूं दोबारा कभी तोबा नहीं की एक बार की थी वही पहली थी वही आखिरी थी हालेलुया ऐसा नहीं पहले आ गए फिर वापस चले गए फिर तोफा कर ली फिर किसी लड़की के साथ गलत काम कर लिया फिर तोफा कर ली फिर आ गए फिर शराब पी ली फिर ऐसा ऐसा कचरा मचरा मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में इसीलिए मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया ये सच्चाई अब हुआ क्या 2004 में परमेश्वर में आया अपनी मेंटली बीमारियों के कारण अपनी फिजिकल बीमारियों के कारण लेकिन मेरी लाइफ की प्रॉब्लम वही नहीं थी वो तो सिर्फ परमेश्वर की एक शुरुआत थी मेरी लाइफ में मुझको अपने में लेके आने के लिए और जब मेरी वो प्रॉब्लम्स मेरे मेंटली डिप्रेशन परमेश्वर में आने से और बढ़ गया और मैं आधा पागल हो चुका था प्रभु में आने के बाद भी दुष्ट आत्मा का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर और मैं परमेश्वर से प्रार्थना परमेश्वर को जान चुका था क्योंकि रोज संगति शाम को पांच बजे के काम अपने बिजनेस के बाद रोज संगति करता था रोज एवरी मेरे घर वाले मेरे खिलाफ होना शुरू हो गए तू नशे कर ले दोबारा वही घर वाले जिस जिन्होंने मुझे भेजा चर्च में वही बोलते थे नशे कर लो दोबारा जो मर्जी करो चर्च में नहीं जाना चर्च नहीं वो हो जाएगा नहीं तुमने तुमको ऐसा नहीं करना है रिश्तेदार हो तो वापिस आएगा अपने धर्म में तु, तु तुझको पछताना पड़ेगा तेरे पास को मारेंगे थप्पड़ मारेंगे पीटेंगे उसे रास्ते में पकड़ लेंगे आप नहीं जानते रोज रोज घर में कलेश इतना होता था आप इमेजिन भी नहीं अगर आप कई कई लोग ऐसे होते वापिस चले जाते लेकिन शुरू से मैं अपनी फैमिली से हल्का सा अलग रहा था मुझे इसका रीजन मालूम नहीं था क्यों ऐसा है मेरे ब्रदर की ज्यादा अटैचमेंट थी लेकिन मेरी थोड़ी कम थी मालूम नहीं क्यों वो बात नहीं पता हुआ कि क्यों ताकि जब परमेश्वर मुझे बुलाए अपने में और मेरा घर वाले मेरा विरोध करे मैं उनके प्रेम में वापिस ना चला जाऊं ताकि मैं परमेश्वर में खड़ा रहूं आप जानते हैं आपकी लाइफ में कुछ भी हो कई बार आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी बहन आपसे प्यार करे आप एक्सपेक्ट करते हो आपकी मां आपसे ज्यादा प्यार करे आपका बाप आपसे ऐसे करे लेकिन आप नहीं जानते कि वो चीजें कई बार परमेश्वर ने ठहराई होती हैं ऐसा होने के लिए अगर ऐसा ना होता अगर मेरी लाइफ में मेरी फैमिली से मैं बहुत ज्यादा अटैच होता तो इतना कलेश जब घर में रोज हो रहा था शायद मैं वापिस चला जाता पर उस कलेश में वापिस नहीं गया रोज चर्च जाता रहा रोज अपनी कमियां ढूंढता रहा अच्छा ये कमी है अच्छा ठीक है फिल्मी गाने नहीं सुनने अच्छा ठीक है ये नहीं करना ठीक है वो नहीं करना ठीक है ये नहीं करना ठीक है इसमें बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए अच्छा ठीक है इसमें गलत काम नहीं करना ब्लू फिल्म नहीं देखनी ये नहीं करना वो नहीं करना चोरी नहीं करना ठीक है सारा कोई ठीक है अच्छा जैसे जैसे मालूम होता गया वैसे वैसे मानता गया बैप्टिज लिया आई थिंक तीन महीने बाद ई बैप्टिज्म के लेहैंड मैंने शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर लोगों में प्रार्थना करनी मैंने शुरू कर दी थी एक दिन एक दिन एक अधरंगी आता है अधरंकी आता है वो बिल्कुल उसे उठा के लेके आए और मैं भी बिल्कुल नया था तीन महीने विश्वासी उनको लेके आए मेरे सामने छोटा सा चर्च था उस पर प्रेर हुई मैंने देखा प्रेर होते हुए अपनी आंखों के सामने अगले दिन वो वापिस आया बोल रहा था चल रहा था कंप्लीट पूरा नहीं, लेकिन चल रहा था कल से जमीन आसमान का फर्क था एक दिन में तो बातें सुन, बाते सुन रहा था या उनकी गवाही उनके मुंह से सुन रहा था लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं ना कि जो मुझे हिलाए क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट नहीं होता था सिर्फ ब्रॉडबैंड होते थे बी एस एन एल के जो जो चलते थे जब मेरी आंखों के सामने वो हील हुआ मुझे विश्वास हुआ कि नहीं अगर परमेश्वर इसको छू सकता है वो मुझे भी छू सकता है परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बोला कि तू सेवा कर तू प्रार्थना कर लोगों को समझा इमेजिन करो तब मैंने बाइबल और परमेश्वर ने कैसे मुझे इस्तेमाल किया और जब मसीह में तीन महीने हो गए मेरे अटैक बढ़ गए जो जिस अटैक से मैं आया था वो कम हो गया लेकिन और अटैक बढ़ गए दुष्ट आत्मा के उसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे रोज बाइबल पढ़नी पड़ती थी क्योंकि जैसे मैं बाइबल पढ़ता था अटैक कम होने शुरू हो जाते थे तो मैंने क्या करता था कि घर में जब मैं गया दस बजे पांच बजे चर्च जाके चर्च से आया दस बजे ग्यारह बजे बारह बजे घर आते ही बाइबल पकड़ी अपनी छोटी अपनी छत पे मॉडल टाउन हमारी कोठी थी मॉडल टाउन के बीच में अपनी छत पे गए बाइबल पढ़ी एक घंटा दो घंटे तीन घंटे चार पांच घंटे जब बाइबल पढ़ ली मेरा अटैक खत्म होता था और मैं सोने वर्ग हो जाती हाँ अब सो सकते हैं अटैक कम हो गया एवरी डे एवरी डे बाइबल मेरी एक दवाई थी क्योंकि मैं खा चुका था जलंधर के सारे बड़े डॉक्टर से दवाइयां खा चुका प्रैक्टिकली तो मालूम था कि वचन मेरे अटैक कम करता है तो रोज इसी चक्कर मेंटैक कम हो जाए बाइबल पढ़नी शुरू कर दी रोज छे घंटे आठ घंटे हुआ क्या एक साल बाद जब एक साल मैंने बाइबल रोज आठ आठ घंटे पढ़ ली तब जब भी कोई बंदा चर्च में शाम को पांच बजे में जाता ना जब भी कोई बंदा अपनी मुसीबत लेकर आता था भाई साहब मुझे ये प्रॉब्लम है अपने पास्टर को बोला पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है जैसे ही उसने प्रॉब्लम बोलनी मैंने बाइबल से वचन निकाल लेना तो बाइबल मुझे याद हो गई थी कौन सा वचन कहाँ लिखा जैसे ही उसने कहा मेरे ये दिक्कत है मैं बाइबल उठा के बोलना कि देख वचन क्या कहता है वचन ये कहता है वचन ये कहता है वचन में मैं मजबूत हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पीछे एक दुष्टात्मा को लगाया ताकि मैं लगातार वचन पढ़ता रहू इस लेने की मुझे प्रभु से प्यार है पहले प्यार-व्यार कम था लेकिन से मुझे आजादी मिल जाएगी शुरू कर दिया चालीस तो रोजे मैंने पांच छह बार रखे और उन रोजों में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी किसी में कभी व्यर्थ नहीं जाती तो मैंने वो चीज देख के रोजे रखे रोजों में मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के दास के रूप में पवित्र आत्मा मेरे पास आया और उसने कहा कि इस तरह से प्रार्थना करनी और जो भी मुझे बताया मैंने किया और उसके बाद मैं हील हुआ 2005 के बाद वो अटैक कभी नहीं हुआ वापस कभी नहीं मैं बिल्कुल फ्री हूं बिल्कुल आजाद हूं लेकिन परमेश्वर ने यूज किसे किया एक दुष्ट आत्मा को अपने में मुझे लेके आने के लिए किसको यूज किया एक बीमारी को मुझे चर्च में भेजने के लिए किसको यूज किया लड़ाई को मेरी आदतों को गंदी आदों को खत्म करने के लिए किसे यूज किया एक लड़ाई को और साथ मसीब भाइयों के प्यार को क्योंकि तो और इस तरह से धीरे धीरे धीरे मैं परमेश्वर की ओर खींचा चला गया उसके बाद जब मैंने देखा लोगों पर ले हैंड होते लोगों को हील होते मैंने खुद ले हैंड करना शुरू किया और खुद लोगों को हील होते देखा अपनी आंखों के साथ मैं डॉक्टर के पास गया एक दिन 2005 की बात है मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे पेट की दवाई खाते इतनी देर हो चुकी है मैं थक चुका हूं मैं अगर एक बाइट मैंने गलती से कुल्फी की ले ली ना अगर एक बाइट ऐसे एक बाइट आठ घंटे वो कुल्फी यहां रहती थी मेरे गले में आठ घंटे दस घंटे अगर एक चम्मच मैंने दाल खा अगर उसमें अगर हल्की सी मिर्ची है तो टेस्ट यहां गले में मेरे एक दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गया मैंने बोला मैं क्या यार बहुत बुरा हाल है कितनी देर का दवा, दवाई खानी पड़ेगी उसने कहा मेरे पास पेशेंट आते हैं बारह बारह साल से खा रहे हैं, तुम कुछ ही मत खाई जा बस और उन्ही दिनों में एक बंदा रहता है यहां पे जलंधर में बस्तियों की तरह वो मेरे पास आके बोलता है कि मेरे पेट में एक रोग है मैं कुछ भी खा नहीं सकता दवाइयों से हल नहीं होता आप मेरे लिए प्रार्थना करो उस, उस पे प्रार्थना की सेम डे हीलिंग उसने जाके कहता मैंने मछली खाई क्योंकि वो यूपी की साइड के सुना मेरी बात और मैं प्रभु से कह रहा हूं परमेश्वर ये सेम बीमारी मुझे और इसको नहीं पता और मैं इस पर प्रार्थना कर रहा हूं ये हील हो चुका और मैं ऐसे ही हूं कुछ नहीं हुआ ऐसे चलता रहा चलता रहा डॉक्टर के पास जाता रहा जाता रहा एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास से वापिस आ रहा था आप इमेजिन नहीं करोगे मेरी लाइफ थी। उसने कहा, 12 साल से पेशेंट दवाई खा रहे हैं तो ज्यादा मत सोचा कर और मैं हैरान हो रहा हूं कि परमेश्वर में तेरी सेवा करता हूं मैं लोगों पर ले हैंड करता हूं लोग ही होते हैं और मैं बीमार हूं जब वो डॉक्टर ने इतनी बात बोली कि बारह साल मैंने बाहर आया हॉस्पिटल से मैंने गुस्से से दवाई फेंकी मैंने कहा मैंने नहीं खानी कुछ भी हो जाए अब इमेजिन करो मुझे नहीं मालूम था कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही का थैंक्स करता रा, करता रा, करता रहा रहा रहा इंस्टेंट हीलिंग हुई मुझे इंस्टेंट हीलिंग और मैं हील हुआ मेरा फेथ बढ़ा मैंने कहा अब आया मजा अब बताऊंगा मैं सुनो फिर लोगों क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना आपका विश्वास बढ़ता जाता है आपका फेत बढ़ता जाता है क्योंकि क्योंकि पहले तो प्रभु शेर मारेगा आपसे फिर भालू मारेगा फिर गोलेत मारेगा आप समझ रहे मेरी बात के नहीं वो शेर भालू का टाइम था मेरा गोलेत का टाइम अभी नहीं आया था वो शेर भालू मार रहा था प्रभु कि देख मैं तो कैसी बीमारी से निकाल रहा हूँ डॉक्टर जवाब दे चुके देख मैं तेरे द्वारा हील भी कर रहा हूँ और तुझे भी निकाल रहा हूँ इन बीमारियों से तब मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ सेवकाई के लिए एज ए एज ए बिलीवर मेरा विश्वास इतना था कि मैं हील हो चाहे ना हो मैं मरना जीना सब परमेश्वर में यह मैं पक्का था लेकिन एज ए सेवकाई के लिए यह विश्वास पक्का नहीं था कि सेवा करने के लिए आपको दृढ़ विश्वास चाहिए होता है। लोगों ने टेस्ट देनी शुरू की गवाई आनी शुरू हुई प्रोफेटिकली परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की और परमेश्वर मुझे तैयार करता रहा मुझे नहीं मालूम था मैंने खामरा में आना आप जानते इसी खाम में इस मिनिस्ट्री से शुरू होने से कई साल पहले हमारा गोडाउन था यहां पर किराए पर पीछे और हमें मालूम नहीं था कि मैं यहां पे आऊंगा गोडाउन था सैनिटरी का टाइल्स का सुनो मेरी बात और इसी खामरा में जब मैंने एंट्री की थी तो मैं नशे करता था इसी सेम खाम में और मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसी खामरा में आऊंगा एक दिन तब मैं मुसीबे भी नहीं था इस खामरा में तब से हूं मैं सब गोडाउन जब लिया खाम में मैं वो क्यों क्यों बता रहा हूं ताकि आपको मेरा स्ट्रगल भी मालूम हो ओके okay. आज मेरे पास कितना कुछ है इससे आपका विश्वास बढ़ सकता है लेकिन मैं जिन चीजों से निकला हूं अगर मैंने आपको वो बताई आप कभी सेम नहीं रहे <प्राव> आप इमेजिन करो में पे हमारा गोडाउन था वहां एक सरदार जी थे वो रोज शाम को जो आम लोगों के घरों में होता है थोड़ा पैक लेना ये लेना वो लेना एक दिन मुझे मालूम हुआ कि ये उन्हीं दिनों की बात है जब मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं में नहीं था। मुझे, मुझे ब्रेन अटैक हुआ आप इमेजिन करो सेम टाइम मुझे अटैक हुआ मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी दिन मर सकता हूं किसी भी सेकेंड मेरी नाड़ियां फट सकती कुछ भी हो सकती ऐसे मैंने सहा है और यह सारा सारा टॉर्चर परमेश्वर कर रहा था और मुझे मालूम नहीं था कि मैंने कौन सी मुंह से बात निकाली है और यीशूसी को पसंद नहीं आई और वो अपनी महिमा के लिए अब मुझे खींच रहा है मुझे मालूम नहीं था आप इमेजिन करो, उन दिनों में, जब मैं परमेश्वर में आ गया फिर मैंने बीमारियों से शिफा ले ली कुछ बीमारियों से आजादी मिल गई नशों से आजादी मिल गई रोगों से आजादी मिल गई बिजनेस बढ़ने लग गया क्योंकि तो उस समय अपने बिजनेस में मैं परमेश्वर काम करता था कोई ऑफरिंग नहीं कोई कुछ नहीं उसके बाद जब 2007 में ये चला गया हम कहीं और थे उसके बाद हम खामरा में ऐसे ही मेरे मम्मी पापा घूम रहे हैं और वहां एक बोर्ड लगा था कि गोडाउन किराए के लिए खाली है मेरे मम्मी पापा ने बात की कि हमें हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका है तो हमें गोडाउन चाहिए बड़े बड़े उन्होंने कहा ठीक है अब हमारा गोडाउन ले लो तब हम खामरा में आए दो आई थिंक सात में 2007 में मैं यहां पे आया जब हमारा यहां पे गोडाउन होता था खामरा में तब हम मॉडल टाउन शायद रहते थे सिर्फ गोडाउन यहां पे था क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बढ़ चुका था अब 2007 में जब मैं यहां पे आया अब इमेजिन करो अभी भी मेरी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई थी अभी वैसी ही थी जो प्रॉब्लम तो परमेश्वर ने डाली थी अभी वही हल हुई थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में जो और बीमारियां हैं ये खत्म नहीं हो सकती इनका कोई इलाज नहीं है इनकी कोई दवाई नहीं 2007 में मैं पे आया लोग ने मुझे बताया कि अब निकल यहाँ से जा बाइक पे परमेश्वर ने रास्ता बताया दो फैमिलियो के परमेश्वर घर लेके गया बिना किसी एड्रेस के बिना किसी चीज के और जिस गली के बाहर मुझे स्वर्गदूत ने रुकने के लिए बोला कि यहां पूछ क्रिश्चियन घर कौन सा है? उसी गली के उसी गली गली के में वो क्रिश्चियन घर होता था और पूरे मोहल्ले में एक ही क्रिश्चियन घर होता था और वो दोनों घर अभी भी इस चर्च के हैं और इस तरह से हुई। सेवा शुरू की बाई फेथ लेकिन अभी भी लाइफ की स्ट्रगल खत्म नहीं हुई आज जब हम इस रिजल्ट को देखते हैं, हाँ, इन रिजल्ट्स को देखते हैं किसी को मालूम नहीं मैं किन चीजों से निकला हूं कैसे अविश्वास से गुजरा हूं कैसी फाइट से गुजरा हूं कैसे कलेषों से निकला हूं? कैसी बीमारियों से निकला हूं? हर तरह का डॉक्टर मैंने देख लिया 2004 5 6 पांच इमेजिन करो आज जब लोग टेस्टमिज को सुनते हैं उनको लगता है कि वो आज का अंकुर देखते जो आज खड़ा है उन्हें कल वाला मालूम नहीं वो बना कैसे वो ऐसी फाइट थी, मैं कि, मैं कि प्रभु को कि दोबारा दु, दु, कर सकता है? मैं नहीं मैं दोबारा नहीं कर सकता वो फाइट ऐसी थी लेकिन बाइबल कहती तूने जब मुझसे प्यार किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा सालों साल में गया हूं खुजूरी में सालों साल प्रार्थना की तब भी कहीं उत्तर नहीं मिले तो क्या किया कुछ नहीं किया सेवा बढ़ाई काम बढ़ाया और प्रभु ने उत्तर दिए आज मेरी लाइफ में एक भी मसला नहीं है ऐसा जो अड़ा हो आज सारे मसले हल है और इसीलिए मैं आपके हल कर पाता हूं मैंने देखा आपके इस लाइफ में इस जर्नी में कि परमेश्वर से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वास में भी खड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग जल्दी में होते हैं जल्दी जल्दी साल हो गया डेढ़ हो गया दो हो गया मैंने देखा उन वो शैतान उनसे बहुत फाइट करता है जब शैतान ये देख लेता है कि आपकी ये आशीष अगर लेट हो जाए वो आपके विश्वास को हिला सकता है तो वो परमेश्वर से आज्ञा मांग लेता है कि क्या मैं इसकी यह बरकत रोक लू क्योंकि अगर यह बरकत इसकी मैंने रोक ली तो तुझे मानेगा नहीं पहले ऐसा लगता था कि मैं इंच इंच करके बढ़ रहा हूं ऐसे रेंग है पीछे किसी ने बड़ा सा लोहे का कुछ लटका दिया और मैं एक, एक एक इंच के लिए मुझे ऐसा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी लाइफ के लिए पर याद रखो परमेश्वर में की गई मेहनत का भी व्यर्थ नहीं जाती अगर वो पहले आपको संघर्ष ज्यादा दे रहा है बाद में रिजल्ट भी आपका ज्यादा होगा आप पहले प्रार्थना और उपवास में ज्यादा है बाद में रिजल्ट भी ज्यादा होगा आपने ज्यादा दुखों को सहाय ज्यादा सुख भी आपके पास होंगे ज्यादा सताव आपने है। आपकी टेस्टमनी बड़ी होगी जो कुछ भी आप परमेश्वर को दे देंगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा वो मेहनत चाहे बोने में हो प्रार्थना में हो फास्टिंग में हो विश्वास में हो वो व्यर्थ नहीं जाएगी हाली इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया टेस्टमनी को सुना बाइबल को पढ़ा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और फिर आपकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया कि वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए कुछ भी पॉसिबल है अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीजस फिर से बोलो ऊंची आवाज में